क्या बोला था तेरे घर वालों ने लड़का कुछ कमाता नहीं है राइट अरे डार्लिंग आंखें फाड़ के देख जनता का प्यार कमा रहा है लड़का